हेलो दोस्तों असलकमल वर्क मैं मोहम्मद अतर आप देख रहे हैं हमारा नजरिया यूट्यूब चैनल जी हां अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कमेंट करें वैसे आपको बताऊं तो हम भी इस चैनल पर नए हैं क्योंकि ये चैनल हमारा अभी नया बनाया हुआ है उम्मीद है दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो चलते हैं अपने जी हाँ मैंने और आपने सभी ने उस्मान गाजी और अरतगल गाजी को ज़रूर देखा है और बहुत सारे लोग तो अब भी उस्मान गाजी को देख रहे हैं तो प्यारे दोस्तों उस्मान गाजी और अरतगल गाजी बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला और मशहूर ड्रामा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया ड्रामा है और मैं आपको बता दूँ अरतगल गाजी और ओस्मान गाजी को यहाँ तक कि कैटरीना कैफ और सलमान खान की अम्मी भी पसंद करती और देखती हैं तो दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि स्मान गाजी हमारी तारीख़ हैं और अरतगल गाजी भी हमारी तारीख़ हैं अरतगल गाजी वो हैं जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ अलम उठाया म के खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत ही बहादुरी से बहुत ही शजात के साथों के साथ वो लड़े और जिन्होंने एक ऐसी रियासत का ख्वाब देखा जहां पर इंसाफ़ हो और और इंसाफ़ के साथ रियासत कायम की जाए उसी ख्वाब को आगे ले जाने वाले उस्मान गाज़ी हैं जिन्होंने एक रियासत को कायम किया उस ख्वाब को हकीकत में बदला और जिस ख्वाब का नाम है खिलाफ़त स्मानिया सल्तनत स्मानिया जी हां ये वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इंसाफ़ के साथ रियासत क़ायम की है इसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूँ इस खिलाफ़त स्मानिया के एक बादशाह हैं जो जिनका नाम है सुल्तान मुराद चहरम सुल्तान मुराद वो बादशाह हैं जो भेज बदल कर आवाम के बीच में जाया करते थे और उन्होंने एक दिन इसी तरह से अपने वजीर से कहा कि चलो आवाम के दरमियान में कुछ वक्त गुजारते हैं जब वो आवाम के दरमियान में गए तो बाजार में उन्होंने जाकर देखा एक तरफ कोई आदमी पड़ा हुआ है जब वो उस आदमी के पास गए उन्होंने उसको हिलाकर देखा तो वह आदमी मर चुका था सुल्तान मुराद बहुत हैरान हुए कि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं लेकिन इस आदमी की तरफ किसी की कोई तवज्जे नहीं है जबकि यह आदमी मर चुका है सुल्तान मुराद ने सभी को आवाज़ दी कि देखो लोगों यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है जब लोग आए सुल्तान मुराद ने पूछा ये कौन है तो लोगों ने कहा यह बदबक बहुत गुनहगार है और सुल्तान मुराद ने कहा तो भाइयों कोई गुनहगार है लेकिन ये मुसलमान तो है ना अल्लाह का तो बंदा है चलो इसको इसके घर लेकर चलते हैं जब उसके घर लेकर गए तो उसके घर जब सुल्तान मुराद पहुंचे, उसकी बीवी रोने लगी सब लोग बुरा भला कहते हुए चले गए लेकिन सुल्तान मुराद और उसका वजीर वहीं पर रुके रहे तो सुल्तान मुराद जब देख रहे थे कि उसकी बीवी रो रही है तो उसकी बीवी रोते हुए कह रही थी कि तू अल्लाह का बहुत बड़ा वली है अल्लाह की तुझ पर रहमत है और मैं तुझसे कहती थी कि ये लोग ऐसे ही करेंगे सुल्तान मुराद बहुत हैरान हुए कि लोग कह रहे थे ये बहुत बदबकत है गुनहगार है लेकिन इसकी बीवी कह रही है कि ये बहुत नेक है अल्लाह का वली है सुल्तान मुराद ने हैरानी के साथ पूछा कि ये क्या माजरा है तो उसकी बीवी ने बताया कि ये आदमी ये मेरा शोहर है और ये शराब ख़ानों में जाता था वहाँ से जितनी हो सके उतनी शराब को ख़रीदता था और गड्ढे में डाल देता था और फिर मुझसे आके कहता था आज मैंने मुसलमानों के कंधों पर से गुनाह का कुछ बौझ तो ख़त्म कर दिया और इसकी एक और आदत थी कि ये आ, औरतों के पास जाता था जो ग़लत काम करती हैं अशरफिया और दीनार लेकर उनके पास जाता था और उनको दीनार देकर अशरफिया देकर सारी रात वहाँ इबादत करता था या सो जाता था और लड़की और लड़कियों से कहता था कि दरवाज़ा बंद कर लो यहाँ कोई बिना आए और फिर सुबह को वो वहाँ से रात गुजार कर आके कहता था कि आज मैं बहुत सारे मुसलमान नौजवानों के कंधे से गुनाह का बोझ ख़त्म करके आ गया तो इस तरह से सुल्तान मुराद बहुत हैरान हुए और उसकी बीवी ने बताया कि मैं इससे कहती थी कि तू ऐसे काम मत कर कल को जब इंतकाल हो जाएगा तो लोग तुझे दफनाने से भी इनकार कर देंगे लोग तुझे दफनाएंगे भी नहीं तो वो मुस्कुरा कर कहता था अपनी बीवी से कि तुम देखना मेरा जनाजा इनशाला वक्त का बादशाह उठाएगा वक्त का बादशाह पढ़ाएगा और वक्त के बहुत बड़े बड़े आलम मेरा जनाजा पढ़ाएंगे और मेरे जनाजे में शिरकत करेंगे सुल्तान मुरा ने कहा मैं सुल्तान मुराद हूँ और इन श्ला हम इसका जनाजा भी पढ़ाएँगे इसकी तदफीन भी करेंगे तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के नेक बादशाह खिलाफत स्स्मानिया में और सल्तनत स्मानिया में हुआ करते थे